ऊपर वाला कुछ बनाने में व्यस्त था तो एक फरिश्ते ने पूछा कि प्रभु क्या बना रहे हो तो वो बोले मैं वो बना रहा हूँ जिसके दर्शन मात्र से संतान गदगद हो जिसकी मौजूदगी से मानवता कृतकृत हो मन की आंखें जिसकी दूर बैठी संतान को देख सके नाजुक हो भले पर किसी भी मुसीबत से लड़ सके जिसकी कोख से मानवता जन्म ले बीमार हो भले पर हंसकर घर का सारा काम कर दे जिसका प्यार बुरे से बुरे वक्त को सुधार दे जिसका दुलार बड़े से बड़े सदमे से बाहर दे जो हर छोटी बड़ी गलती को माफ़ कर दे उसे तुम कितना भी दुख पहुंचाओ, बदले में सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद ही मिले, मैं माँ बना रहा हूँ